टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर वन जब पता है दुनिया में सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने वाला देश नॉर्वे था नंबर टू वैसे तो मोमबत्ती कुछ इस प्रकार जलती है लेकिन जब हम मोमबत्ती को जीरो ग्रेविटी में जलाते हैं तो वह कुछ इस प्रकार जलती है नंबर थ्री इलेक्ट्रिक ईल एल नाम की जो ये मछली होती है ये अपने शरीर ऐसी इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है इसे दस बल्ब आराम ऐसी जल सकते हैं नंबर फोर पंजाब में कुछ इस प्रकार बहुत ऐसी घरों के ऊपर कुछ ऐसे एरोप्लेनों के डिजाइन बने हुए हैं नंबर फाइव बेटल फेमिलिया इंसोमिनिया एक ऐसी बीमारी होती है इसमें लोगो को नींद नहीं आती नंबर सिक्स ऑस्ट्रेलिया उन्नीस में एक 8 मीटर लंबा मगरमच्छ मिला था जो सामान्य मगरमच्छों की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा था नंबर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बीच में एक इस प्रकार का एक पेन बना हुआ है जिसे बीच पर आने वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है नंबर इस रेस्टोरेंट में जगह कम होने की वजह ऐसी जिस प्रकार खाने की के टेबल के ऊपर भी टेबल्स बना दिए गए हैं बनाए बिल नाम के ये पक्षी दिखने में काफी यूनिक लगते है बट पता चला था की दवाईयों के बीच में जो ये लाइन होती है इसे डिबोस्ट लाइन कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताए